रब्बा मैंने चाँद देखिया रब्बा मैंने चाँद देखिया दीदी मुझे दिला दो जी मेरी दीदी मुझे दिला दो जी पर आके लौट गया जो छप्पर आ के लौट गया जो वापस उसे बुला दो जी मेरी दी मुझे दिला दो जी